जय हिंद ये इंडियन पॉलिटी का पार्ट फोर है जो लोग एक से तीन तक नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पर जाकर देखते हैं या फिर यहाँ पर एक आई बटन होगा वहाँ पर क्लिक करके हमारे वीडियोज पर पहुँच सकते हैं तो पार्ट थ्री में प्रश्न नंबर दस तक हो गए थे तो पार्ट फोर में शुरू करते हैं प्रश्न नंबर ग्यारह से तो प्रश्न नंबर ग्यारह है ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे उन्नीस में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था ऑप्शन ये है माउंटबेटन को बी सर स्टेफर्ड क्रिप्स को सी वारेन हेस्टिंग्स को या फिर डी साइमन को तो पेपर पेन लेकर बढ़ जाइए और हमारे साथ हल करिए बताइएगा लास्ट में आपके कितने सवाल बने आपसे तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने लगा लिया होगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी स्टेफर्ड क्रिप्स प्रश्न नंबर बारह भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ था आपसे नहीं छब्बीस जनवरी उन्नीस को बी छब्बीस नवंबर उन्नीस को सी ग्यारह फरवरी उन्नीस को या फिर डी इनमें से कोई नहीं बताना यह है कि कब पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था प्रश्न नंबर बारह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छब्बीस नवम्बर उन्नीस को प्रश्न नंबर तेरह डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे बताना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में कितने संविधान सभा के प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे ऑप्शन ए सात बी सी, छाँच या फिर डी चार प्रश्न नंबर तेरह का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छः सदस्य थे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मिला लीजिए तो कुल प्रारूप समिति में सात मेंबर थे प्रश्न नंबर चौदह निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे इसमें बताना है कौन से सदस्य थे ऑप्शन ये है एन गोपाला स्वामी बी जवाहरलाल नेहरू सी अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर चार है सरदार पटेल इसमें बताना है कि कौन से प्रारूप समिति के सदस्य थे इनमें से जो नहीं थे उनको बाहर करना है तो एक नंबर पर है एन गोपाला स्वामी बिल्कुल थे जवाहरलाल नेहरू नहीं थे अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर बिल्कुल थे सरदार पटेल नहीं थे तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक और तीन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एक और तीन प्रश्न नंबर चौदह का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रश्न नंबर पंद्रह निम्न कथनों पर विचार कीजिए आप आप एक नंबर है तेरह दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था दो है उद्देशिका संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है तीन है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है चार है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं इसमें बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं है ऑप्शन ये है एक दो तीन बी केवल चार सी दो तीन चार या फिर डी एक दो तीन चार सभी कथन सत्य हैं प्रश्न नंबर पंद्रह का सही उत्तर बताइए क्या होगा तो अब विश्लेषण करके बताइए आप लोग तो आ, एक नंबर है तेरह दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था बिल्कुल किया गया था दो है उद्देश्य संविधान के महत्वपूर्ण देशों की पूर्ति करती है बिल्कुल करती है तीन है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है बिल्कुल सही है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं ये गलत है इसमें जो हम लोग जनप्रतिनिधि भेजते हैं चुनकर के उनके द्वारा राज्य के मुखिया का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है ये हम मनोनीत करते हैं तो प्रश्न नंबर पंद्रह का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एक दो तीन नंबर 16 संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे ऑप्शन ए पंडित नेहरू बी सरदार पटेल सी बी राव या फिर डी बी आर अंबेडकर प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर आप लोगों ने लगाया है ऑप्शन बी सरदार पटेल तो ये बिल्कुल सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर सत्रह संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाया था बी है इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया गया था सी है यह एक दिन था या फिर डी उपरुक्त में से कोई नहीं प्रश्न नंबर सत्रह का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कांग्रेस ने इस तिथि को उन्नीस में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था प्रश्न नंबर 18। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे आप सुनिए बी आर अम्बेडकर बी राजेंद्र प्रसाद सी बी एन राव या फिर डी के एम मुंशी बताना यही है कि समय जो संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे प्रश्न नंबर 18 सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बीएन राव प्रश्न नंबर उन्नीस भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था ऑप्शन ए पंद्रह अगस्त 1948 को बी दो अक्टूबर उन्नीस को सी छब्बीस जनवरी 1948 को या फिर डी छब्बीस जनवरी 1950 को इसमें बताना है राजकीय चिन्ह से अंगीकृत किया गया था और कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि भारत का राजकीय चिन्ह क्या है बताइएगा जरूर कि भारत का राजकीय चिन्ह क्या है कमेंट बॉक्स में तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया था प्रश्न नंबर 20 भारत ने समोर्ति सूची की संकल्पना कहाँ से उदृत की है ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से बी स्विटरलैंड के संविधान से सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या फिर डी यूएसएसआर US, के संविधान से बताना है कि समोर्ति सूची कहाँ से ली गई है किस देश के संविधान से ली गई है प्रश्न नंबर बीस का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है समोर्ति सूची नंबर 21 भारत के संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है ऑप्शन ए कनाडा बी यूनाइटेड किंगडम सी संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर डी आयरलैंड तो इस मॉक टेस्ट का यह आखिरी प्रश्न था इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में हम इस सवाल का सही उत्तर देंगे अगले वीडियो में और पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट बॉक्स में कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों को बताना चाहिए था इकसठवां संविधान संशोधन उन्नीस के द्वारा मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी तो प्रश्न नंबर 21 का भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद